आपके पास फ्रेंड व्हाट्सएप में कोई मैसेज करता है और वो डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है तो फ्रेंड उस मैसेज को आप कैसे देखेंगे फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप उस मैसेज को देख पाएंगे वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक कीजिए कोई भी क्वेरी वो आप कमेंट जरूर कीजिए मैं रिप्लाई करूंगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स व्हाट्सअप में अगर आपके पास कोई मैसेज भेजता है और मैसेज भेजने के बाद उस मैसेज को डिलीट कर देता है और फ्रेंड आप ये देखना चाहते हैं कि उसने क्या मैसेज भेजा था तो फ्रेंड आप कैसे देखेंगे उसके लिए फ्रेंड आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है या नोटिफिकेशन लिखना है या एडवांस सेटिंग में जाना है या नोटिफिकेशन हिस्ट्री आ रहा है आपको उसमें जाना है यहाँ पे फ्रेंड इस नोटिफिकेशन हिस्ट्री को आपको पहले से ही ऑन करके रखना है तो फ्रेंड यहाँ पे आपके सारे मैसेज दिखा देगा जो भी वहाँ से डिलीट फॉर एवरी करके करे गए हैं आप सारे मैसेज यहां से देख सकते हैं आपके फ़ोन में अगर नोटिफिकेशन स्टेक ऑप्शन नहीं है तो फ्रेंड दूसरा तरीका यह है कि आप अपने व्हाट्सअप पर जाएंगे यहाँ थ्री डॉट पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे चैट्स पे जाएंगे, नीचे आएंगे, चैट बैकअप पे जाएंगे, या नीचे की तरफ आएंगे बैकअप टू गूगल ड्राइव ये नेवर सेलेक्ट हुआ हुआ है क्लिक करेंगे आप यहाँ पर अपना ये मंथली सिलेक्ट करके रखेंगे जिस गूगल ड्राइव में आपको बैकअप लेना है वो सिलेक्ट करेंगे ये ऑथेंटिकेट कर रहा है नीचे आएंगे यहाँ अलाउ कर देंगे अब फ्रेंड इसमें क्या होगा जैसे एक महीने का सेलेक्ट किया है तो एक महीने का आपका चैट का बैकअप वहाँ बनता रहेगा आप वहाँ से सारा बैकअप देख सकते हैं कोई भी मैसेज डिलीट होता है डिलीट फॉर एवरीवन फ्रेंड वहाँ से आप देख पाएंगे उसको